नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अंत तक बने रहना है आपको बिना कोई बकवास किए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं एक काम जो हर इंसान हर दिन करता है वो है नहाना हिंडावी जर्नल के छपी एक रिपोर्ट के अनुसार शरीर को डुबा के नहाना यानी इमर्शन बादिंग के कई फायदे हैं जैसे बेहतर रक्त प्रवाह बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई इत्यादि सावर यानी फवारा से नहाना सबसे आम तरीका है दुनिया भर में लेकिन जापान एक, एक ऐसा देश है जहां के लोग अब भी डूब के नहाते हैं एक रिसर्च किया गया जिसमें 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया उसमें उन्हें दो हफ्तों तक डूब के नहाने और फिर दो हफ्तों तक सावर से नहाने को कहा गया डूब के नहाने के बाद के रिपोर्ट्स थकान तनाव दर्द और त्वचा के मामले में बेहतर था सावर से नहाने के मुकाबले एस हेल्थ सर्वे ने डूब के नहाने वालों में सामान्य स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक कामकाज में बेहतर रिजल्ट पाया अभी के लाइफस्टाइल के अनुसार शहरी इलाकों में डूब के नहाना कई हद तक नामुमकिन हो गया है तो आइए जानते हैं सदगुरु जी से किस प्रकार हम अपनी नहाने के तरीका को बेहतर कर सकते हैं यौगिक संस्कृति में कोई फवारे में नहीं नहाता था नहाने का हमेशा मतलब था नदी में डुबकी वे हमेशा नदी पर जाते डुबकी लगाते और फिर योग करते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मांसपेशियां अच्छी रहेंगी तो इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि आमतौर पर हमारे घरों में जिस बाल्टी से हम खुद पर पानी डालते हैं वो इतनी बड़ी होती है उसमें कम से कम चार लीटर पानी होता है अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा शरीर बस हो गया हमेशा मेरा मतलब है मैं महिलाओं के लिए इस पर जोर नहीं दूंगा आपकी हेयर स्टाइल अलग होती है पर नहाने का मतलब यह है कि पानी की पहली बाल्टी सीधा आपके सिर पर हमेशा शरीर पर ठंडा पानी डालने से गर्मी आपके सिर में चली जाएगी बहुत तेजी से ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसलिए जो लोग अपने बाल गीला नहीं करना चाहते उन्हें कम से कम थोड़ा ठंडा पानी लेकर अपने एक बिंदु है यहां यहां आपके कानों की सीध में यहां यहां आप थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए तुरंत आप देखेंगे कि सिर में एक ठंडक आ गई है उसके बाद आप शरीर को नहला सकते हैं पर इसके अलावा हमेशा पहली बाल्टी अपने सिर पे ही डालनी चाहिए शरीर पर नहीं तो आपको अपनी बाल्टी भरनी है और सुबह नहाने का यह सबसे अच्छा तरीका है शरीर को पानी में डूबा हुआ होना चाहिए जैसे कि आप एक डुबकी लगा रहे हैं ठीक है पूरा शरीर एक साथ कम से कम चमड़ी पानी में डूबी रहनी चाहिए इस तरह नहीं ऐसे ऐसे ऐसे यू नो अगर आप पानी डालते हैं तो पूरा शरीर शरीर को लगना चाहिए कि आप उसे डुबकी लगवा रहे हैं तो अगर आप ऐसे डालेंगे तो सिस्टम में एक ठंडक आएगी और मांसपेशियां बहुत लचीली हो जाएंगी फवारे से ऐसा हो सकता है अगर फवारा काफी शक्तिशाली है या कम से कम पानी की मात्रा काफी अच्छी है तो फवारा यह आसानी से कर सकता है